Hello guys, welcome back. Welcome back to my YouTube अपने <laughs> एक बर्थडे हैं। तो चलिए, ये गाय फैमिली हेलो करो गाइड हेलो आप करो। तो तो आज उसका बर्थडे में आपको बर्थडे का जो सिस्टर है, हेलो हेलो। तो बर्थडे है वैसे बर्थडे लेकिन आज हम आज कर रहे हैं क्योंकि तो फोर्टीन को थोड़ा सा कुछ काम है हमें तो इसलिए हम आज करेंगे चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे कल है तो हम केक कल ही काटेंगे बट एक छोटा सेलिब्रेशन जो गैचुलर हमने गैदरिंग करी है वो आज करेंगे तो जी जी क्या करना चाहिए अभी जीजू आएंगे अभी जी जी पाँच में आएंगे जीजू साथ ही आपको फेस्टूवे तो आएंगे और बहुत कुछ हँसी मजाक होगा और गैदरिंग करेंगे तो ये मेरा निकम है आज हमारे माशी का बर्थडे है ये हम गुंजन ज ड्रिंक है इसमें अल्कोहल नहीं बट हम है पीते हैं और तो। मेरी भी है एक हमने होटल में थोड़ी सी दवाई मिलाई है एक बापू का शिकायत पी जाएगी देखो ये ये ये ये ये देखो देखो देखो देखो रहे आप देखिए जी हां जी ये गाइस हमारे जिजू है प्रोफी जिजू जय हिंद करो हेलो करो तो गो टू व्हाट्सअप गाइस गो बैक टू माय चैनल हेलो सर हैव अ ग्रेट डे यू स्लीप लॉन्ग एंड हैव अ ग्रेट लाइफ वेट हां मां नानी ना मां नानी मां <laughs> <laughs> give my vet driver yes online ali bhai right. yaar aap khali right. pee rahe right. ho mara ko ps4 code online to general comment do ji hello bata तो गाइज़ हमारे यहाँ पे जो मोस्टली फैमिली फंक्शंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं पूरी फैमिली बारी इन्वॉल्व होती है टेस्ट फिर किसी नज़र ना लगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली कोई नज़र लगाए और मेरी यूट्यूब फैमिली को कोई नज़र लगाए तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ सपोर्ट कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि मुझे एक बूस्टअप मिले तो और ये मेरी मेरी जन्मपत्नी है नवनीत नवनीत